में ये माना हाथ में तेरी खुशबू है खुशबू से दिल बहला है ये हाथों से फिसला है मुझे जरा सी किसी को Kisi ka sach hai kono, kisi ke pas nahi. Kal hal chal sala ja.